सो यो वट्सअप का कैसे आप लोग का स्वागत है तो जैसा कि आपने ये वाला बहुत ही बार देख चुका होगा आपने और इसमें आपको विन कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं तो सबसे पहले देख लेते हैं अभी गिव गिवे कौन कर रहा है तो सुनी ओ भाई रुक जा सुनीता दीदी अभी लाइव कर रहे है तो वो उनको अभी वो मिलेगा सॉरी मतलब वो रीडिंग कोड दे रहे तो सॉरी भाई लोग मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इतना भद्दा और बेकार आवाज़ के को आपको सुन के आपका कान फट गया होगा तो नहीं फटा तो अब अब भी नहीं फटेगा मतलब आवाज़ नहीं चेंज करूँगा तो बिना हेडफोन सुनते हैं तो, तो भी सुन सकते हैं तो चलिए आपको बता देते हैं वो रेडीम कोड आपको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा उसका असलियत और काला सच तो वो किसको मिलता है पार्टनर प्रोग्राम वाले यूट्यूबर मतलब जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर में रहते हैं और गरीना फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम में रहते हैं जैसा कि वो रीडिंग रीडिंग कोड वाला सीन मतलब कल कल सुबह 12 बजे से चालू हो गया तो सबसे पहले लोकेश गेमर भाई का मैंने उन्हीं का देखा था उसके बाद ये अभी अभी गेम खोल रहा हूँ तो सुनीता दीदी का देख रहा हूँ तो ये सिर्फ पार्टनर प्रोग्राम वाले यूट्यूबर को मिल रहा है तो वो किसी 10 प्लेयर को रिडिंग कोड दे रहा है तो आपको ज्वाइन कैसे होना है तो भाई मैं आपको बता देता हूं आप ज्वाइन नहीं हो पाओगे तो वीडियो को छोड़ के मत जाओ पूरा बात सुन के जाओ तो आप आप ऐसा ऐसा कैसे बोल सकते हो कि ज्वाइन नहीं हो सकती तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन यूटूबर्स को मतलब वा, लाइव वाचिंग आप देख पा रहे होंगे 9000 का अभी सुनीता दीदी का 11000 का लाइव पे वॉचिंग चल रहा है बट लोकेश गेमर का कल सत्तर अस्सी का लाइव वाचिंग चल रहा था उसमें आप कैसे घुसोगे ये मेरे को आप पहले बताओ अगर आप घुस भी गए तो उसमें से एक से एक बहुत ही अच्छे प्लेयर सत्तर अस्सी लेवल वाले प्लेयर हैं और वैसे भी बहुत ही मतलब उन्हीं के बन्दे भी बहुत ज़्यादा पहले से एक्टिव रहते हैं और वही लोग खेलते रहते हैं उन्हीं लोग को बुला लेते हैं तो आपको मिलना बहुत ही मतलब नामुमकिन तो नहीं है लेकिन बहुत ही टफ़ है तो ये इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा नेट वेस्ट होगा बहुत कुछ वेस्ट होगा तो मेरी मानो तो आप ना ही खेलो मतलब ना ही अपना टाइम बर्बाद करो उससे अच्छा आप पढ़ाई लिखाई कर लो या तो फिर आप अपना गेम खेल सकते हैं तो बस यही मैं अपना ओपिनियन देना देना चाहता था आप सभी को तो बाकी आपकी मर्ज़ी तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना अगर ना पसंद आए तो आराम से डिसलाइक कर सकते हो तो मैं इसलिए मतलब थंबनेल पे रीडिंग कोड का डायरेक्ट वो नहीं दिखा रहा हूँ रीडिंग कोड मिलेगा तो वो पहले यूट्यूबर्स को उन उधर घरिना को और वो उनका यू सेंड करेंगे तब जाके उनको रीडिंग कोड मिलेगा ऐसे ही कोई भी आपको बेवकूफ़ बना के चले जाता है तो सावधान रहे, सतर्क रहें और अपने घर पर रहें और क्वारंटाइन में वैक् वैक्सिन मैं तो अभी लगवा के आ गया तो तब तक लिए बाय बाय